तो यार एस एस के ना बहुत सारे सवाल कई लोग मुझे पूछते हैं और सबका देखो जवाब देना मुश्किल है तो मैं इस वीडियो में कुछ डाउट्स जो आपके हैं वो क्लियर करने वाला हूँ ठीक है जो एग्जिस्टिंग वीडियो पे जो सवाल पूछे उनको भी लेंगे कुछ नया अपडेट है वो भी लेंगे तो देखो एस के लिए जब भी आप पोर्टल पे जाते हैं तो सबसे पहले ये स्क्रीन आपके सामने होती है इसमें दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन देखो एग्जिस्टिंग आपका अकाउंट है तो यहाँ से लॉगिन किया जाता है और नया अकाउंट के लिए मैं पहले बता दिया कैसे बनाया जाता है अब कुछ लोगों के सवाल ये थे कि हमने पहले एस बना रखा है जन बाद में बना तो उसको कैसे हम मतलब एसएसओ के को जनाधार से कैसे मैप करें क्योंकि वो डिटेल्स नहीं लेगा बिना जनाधार के तो ये बताऊंगा और नया करना है तो मैंने पहले आपको बता रखा है ये ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है जिसका एसएसओ बना है और जनाधार से मैप नहीं है वो यहाँ आके अपना लॉगिन कर ले एसएसओ एस ओ को ठीक है लॉग करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है यानी आपकी एस एस खुल जाती है तो देखो सबसे पहले क्या करना यहाँ जो आपका लॉगिन हो रखा है ना अकाउंट यहाँ पे आना आप ठीक है यहाँ पे आने के बाद ये एडिट का ऑप्शन दिख रहा है ना ठीक है इस एडिट के ऑप्शन पे आ जाना यहाँ पे एडिट के ऑप्शन के आने के बाद आपकी सारी प्रोफाइल की डिटेल्स खुल जाएंगी आप इसमें चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं ठीक है कुछ भी डिटेल चेंज करनी है तो यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो ये देखो भामासा आईडी एनरोलमेंट आईडी जनाधार एनरोलमेंट आईडी दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ से आपको ये जनाधार वाले में एडिट बटन पे जाना है और ये डालना है और आपका नाम वहाँ दिखा देगा सेलेक्ट करके ओ डाल के अपडेट कर देना मान लो आपकी दो एस एस बनी है और आप नया बनाना है तो आप इसके लिए क्या करना है यहां पे आपको डीएक्टिवेट अकाउंट दिख रहा होगा ठीक है डीएक्टिवेट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है ये पूछेगा कि सच में डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको यस yes करना है यस yes पे क्लिक कर दिया यस yes पे क्लिक करने के बाद में क्या है ये आपसे ओ पूछेगा मोबाइल में एक ओटीपी आएगा आपका जो रजिस्टर्ड उस एस एस का जो नंबर था ना वहां पे एक ओ आएगा ओ एंटर करना है ओटीपी एंटर करके आपने अपना अकाउंट का जो एसएसओ का अकाउंट का पासवर्ड है वो डालना है और यहाँ से यस पे क्लिक कर देना ठीक है यस पे करने के बाद ये देखो उस मैसेज आ जा जाएगा कि योर अकाउंट हैज सक्सेसफुली डीएक्टिवेटेड तो अब आपकी जो ओल्ड थी वो डीएक्टिवेट हो गई है जो एस एस थी नई बनानी है आपको तो आप नई बनाने के लिए क्या करना है रजिस्ट्रेशन जो बताया था मैंने वहां से जन के थ्रू करना है देखो जिसकी भी वजह से आइडिया है उसको जनाधार से जरूर आप मैप कर लेना नहीं तो कोई काम का नहीं है वो तो उसको जनाधार से मैप करने का एक तरीका है यहाँ से मैप हो जाएगा आप वो नंबर डालना नाम दिखाएगा ओटीपी डाल देना और आपका मैप हो जाएगा ठीक है इसके अलावा जो भी सवाल है वो आपको मुझे कमेंट करके बता देना आगे भी कोशिश करेंगे कवर करने की वीडियो में ठीक है यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दिया है मल्टीपल एस एसओ क्या करें तो इसपे क्लिक करोगे ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये मिल जाएगा एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा यहाँ पे और इसको देख के भी आप कर सकते हो हेल्प ले सकते हो है ना तो एस एसओ को जरूर जन आधार से मैप कर लेना भाई बिना जन आधार से मैप करे कोई फायदा नहीं है तभी आपके पूरे ऑप्शन आने लगेंगे जन आधार के जो भी है ना वो राजस्थान में क्या जनाधार से ही होता है सारा काम तो वो मिलेगा नहीं आपको है ना तो इसलिए आप कर लेना फिर जनाधार वाले पे जाओगे ना तो यहाँ से आपका ये सारी चीज़ें दिखाने लगेगा फिर ठीक है फैमिली एनरोलमेंट स्टेशन जो भी आप खोजोगे वो यहाँ से दिखेगा तभी दिखेगा ये जब आप इसको मैप कर लोगे ठीक है तो आप इसको मैप जरूर कर लेना इसके बाद आप खुद अपना एडिट कर सकते हो जो भी है जन आधार में है या कोई और डॉक्यूमेंट में है जो भी अपलोड करने के लिए ना ये जरूरी है ठीक है इसको कर लेना और जो भी कोई आता है कमेंट तो मुझे जरूर बताना मैं जो भी होगा आपकी हेल्प के लिए दोबारा कुछ करना होगा मैं जरूर वीडियो में भी बता दूंगा वैसे कमेंट में भी मैं जवाब दूँगा ठीक है तब तक के लिए थैंक यू